ये लड़की सुबह उठती है तो एक विशाल लाल पांडा बन जाती है इसका नाम में है और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये घबरा जाती है इसे सपना समझकर वापस अपने बेड पर जाकर सो जाती है पर बैग उसके भारत से दम तोड़ देता है और देखती है कि उसके कान गायब हो गए फिर वो उठती है और शांत रहने की कोशिश करती है तो दोबारा लड़की बन जाती है फिर मैं स्कूल चली जाती है पर वो किसी को ये नहीं बताती कि वो गुस्सा होने पर एक विशाल लाल पांडा बन जाती है उसकी मम्मी उसको एक पेड़ के पीछे ऐसी देख रही थी ये बात मे कोई मम्मी उसका पीछा करती है और मेरे पीछे पीछे उनके घर में पहुँच जाती है तो देखती है की मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती है तभी उसके पापा आकर उसको कहते हैं की ये अभी ऐसी हो गया तो मैं कहती है की अभी ऐसी हो गया ऐसे क्या मतलब है आपका तो उसकी मम्मी उसको बताती है की हमारी पूर्वज सन लाल पांडा बहुत पसंद थे एक बार जंग का वक्त था उन पर खुद को और अपनी बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी थी एक रक्त पूर्णिमा की रात उन्हें वरदान मिला कि वो एक शक्तिशाली जादुई जानवर में बदल सकती है जिससे संगी ने अपने परिवार और अपने गांव को बचाया ये शक्ति संगी ने अपनी बेटियों को दी जब वो बड़ी हो गयी इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और अब तुम्हें मिली है आज के हिसाब ऐसी यह वरदान समस्या बन गई है इस पर मई सनयी आरोप गुस्सा हो जाती है तो उसकी मम्मी कहती है की तुम्हारा इलाज है क्यूँकी यह मेरे साथ भी हो चुका है और मेरा पांडा इस लोकेट में अगले बात के लिए एक लाइक करे हम समझ जाएंगे